saj आगे के लिए कर रहा है साउंड ऑपरेटर माइक थोड़ा सा एक थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा जरा ये रास्ता क्लियर करिए महिलाएं आराम से पहले जो पहले पुरुष चलेंगे आप लोग नौजवान लोग उठाइए ये हमारी मां नहीं है ये नहीं है। ये है। है। और, और, और, और, और, और ऐसी मुक्ति सभी को मिले ऐसे मां सभी को। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी संवेदनाएं देता हूँ मैं अपनी मां के तो तो तो आओ तो गंधे बदलते और गंधे गंधे गंधे बदलते लोगों तो तो को बोलेंगे, बोलेंगे, जी एक बार फिर से भूल गए आप लोग क्या बोलेंगे जन्म महाराणस सत्य है और सदाच हाँसी जन्म महाराणस चनाचे भक्ति है जन मरण शक्ति है सदा सदाचार से भक्ति है सदा सदाचार से पुरुष सभी लोग पहुंच रहे हैं और ये पार्थिव शरीर आप देख पा रहे हैं तो वो भी बुक है ना वो वो बुक जो है ना कार के डैशबोर्ड है ना उसी में रखी है आप उसमें से देख लेना उसको। सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं आर्थी आर्थी, आर्थी भी जा सभी माँ बहन बेटी पूरा परिवार अर्थ स्थिति तो पर पहुँच रहे हैं भंत जी पहुँच रहे हैं आप मत भी ये उनका पार्थिव शरीर के लिए बन रहा है और बबल मिट्टी आप देख रहे हैं जो रखी हुई है पार्थिव शरीर उनके खेत में लग रहा है और उनके तखत पर उनकी मां की पत्नी पार्थिव शरीर रखा हुआ है सारे लोग खड़े हुए हैं ठंड के साथ में शरीर है सभी लोग शरीर निभा रहे हैं अनिल कुमार विद्युत बोर्ड के निदेशक थे दिल्ली से विद्युत विद्युत सलमान